शारदीय नवरात्र पर्व की शुरुआत हो चुकी है नवरात्रि में छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के माता मंदिरों में भी भक्तों का ताता लग चुका है राजधानी के आनंदनगर स्थित माँ दुर्गा मंदिर में श्रद्धालुओं ने माता की विशेष आरती और पूजा अर्चना की मंदिर में महिला मंडली ने जस गीत का गायन भी किया

Shine on, shine on.

जसगान और भजन पूर्ण होने के बाद माता की भव्य आरती की गई जिसमें आनंद नगर के सैकड़ों श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया